हेलो मैं मैहू नयन और आपका मैं स्वागत करता हूँ इंडिया गेमिंग बार्टी में सो गाइज़ आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको कोई बीपेन का प्रीमियम मोड ए के देने वाला हूँ तो गाइज़ ये देखिए सो so, यहाँ पे मैंने सिंगापुर कनेक्ट किया सो so, यहाँ पे कोई ऐड नहीं आया है गाइज़ और गाइस यहाँ पे गाइज देखिए कितना अच्छा पिंग आया है उसमें गाइज और आपको guys, प्रॉब्लम नहीं देखने को इसमें अगर आप गेम गेम गेम खेलते हैं तो तो तो बहुत अच्छा पिंग आएगा उसमें गाइस गाइस हाई भी आना आता है तो मैं अपना आता है है तो मैं मैं आपको आपको अपना अपना दिखा देता हूं एक बार आप देख सकते हैं कितना तेज स्टार्ट हुआ है So guys, देख सकते हैं हैं आप आप लोग कितना अच्छा हमारे गेम का और देखिए मैंने आप मेरा अभी so guys, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय